जिंदगी जब कभी आपको रुकी हुई सी नजर आने लगे ना तो चुपचाप अपने पास वाले बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन पर जाइए और एक गाड़ी पकड़कर किसी नए सफर पर निकल जाइए